हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेड प्रिपरेशन बाय उमेश सर के द्वारा तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि शिक्षा शास्त्र यानी पैड्रागोजी सब्जेक्ट से जो है किस किस टॉपिक पे जो है प्रश्न आते हैं तो आप लोग जो है बहुत ही असमंजस में रहते हैं कन्फ्यूजन में रहते हैं कि शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन आते हैं कहाँ से आते हैं ऐसे अटपटे अटपटे क्वेश्चन आते हैं कि आप लोग जो है कन्फ्यूज़ कर जाते हैं तो चलिए कन्फ्यूजन नहीं करना है मैं सबसे पहले आप लोगों को जितने भी तैयारी कराऊँगा जो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराऊँगा सबसे पहले मैं उसका टॉपिक आप लोगों को बता

दूंगा उसके बाद मैं उसके सब्जेक्टिव पे जाऊंगा फिर उसको ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा तो चलिए आज हम शिक्षा शास्त्र के टॉपिक के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपको पढ़ने होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जितने भी सारे पॉइंट है उसके अंदर जो डिफिनेशन होगा जो, जो मेन फैक्टर होगा वो भी आपको हम बताते चलेंगे कि क्या जरूरी है किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा अभी स्कीप नहीं करें अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले हो गया शिक्षा शास्त्र में किस

जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सीटे टेट या किसी भी अदर एग्जाम्स के लिए आपको शिक्षा शास्त्र हर सब्जेक्ट से कम से कम पंद्रह क्वेश्चन रहते ही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो शिक्षा शास्त्र में आपको टॉपिक रहते कैसे हैं तो शिक्षा शास्त्र में है जो सामाजिक अध्ययन जो समाज के बारे में हमारे पर्यावरण के बारे में परिस्थिति तंत्र के बारे में जो हमारे आस के जो चारों तरफ जो

के बारे में जानकारी अध्ययन करने के लिए जिस चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम सामाजिक अध्ययन कहते हैं और साथ में सामाजिक अध्ययन में एक और टॉपिक आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एन 2005 एफ दो जितने सारे टॉप शिक्षा नीति जो बार बार हर कुछ समय के बाद जो चेंज होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि ये शिक्षा नीति क्यों जरूरी होता है उस शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या बदलाव होता है

उसके बाद होता है कक्षा कक्ष प्रक्रिया दूसरा पॉइंट है कक्षा कक्ष प्रक्रिया कक्षा कक्ष प्रक्रिया में क्या है कि बच्चों को कक्षा कक्ष में कैसे रखा जाए डिसिप्लिन में कैसे रखा जाए कक्षा कक्ष की कक्षा कक्ष में जो है कक्षा का संचालन कैसे होना चाहिए कक्षा में मॉनिटरिंग कैसे किया जाएगा कक्षा में डिसिप्लिन कैसे बनाया रखा जाए तो, तो ये तमाम बातें जो है कक्षा कक्ष के अंदर आती हैं जो कि पेडोगोजी यानी शिक्षा शास्त्र के अंदर आता है

तीसरा होता है आलोचनात्मकता प्रक्रिया आलोचनात्मकता प्रक्रिया जो किसी भी बच्चे को हम आलोचनात्मक नहीं करेंगे उसमें कंपटीटिव की भावना पैदा नहीं करेंगे उसमें दूसरों के प्रति प्रतिहीनता भावना नहीं पैदा इस तरह से जो बातें होती, हो होती है वो आलोचनात्मकता प्रक्रिया में होती है

और चौथा जो पॉइंट है वो है पूछताछ एवं अनुभव्य जन्म पूछताछ और अनुभव्य में ये क्या होता है कि बच्चे से किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे आपसे अगर प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न पूछने की उसमें कला बच्चे की क्लास में जो है बोलने की क्षमता ये सब डिवलप करने के लिए आपको कैसे क्या पढ़ना पड़ता है कैसे बच्चे की मानसिकता को आपको समझना होगा तो चौथा जो पॉइंट है वो पूछताछ एवं अनुभव है पाँचवा सबसे मेन फैक्टर होता है पाठ्य आजकल की जो

पाठ्य पुस्तक हो गई ये वो दो प्रकार की गया इनडोर और आउटडोर जैसे कि क्लास के अंदर की जो पाठ्य पुस्तिका क्या होना चाहिए क्लास की बाहर की पाठ्य पुस्तिका कैसी होनी चाहिए क्लास के बाहर में जो है स्पोर्ट्स का क्या, क्या वैल्यू होना चाहिए ये सब जो है एक पाठ्य पुस्तिका यानी सिलेबस के अंदर आपको पहले होता था सी बेस्ट कैलुकुलम लेकिन अब सिलेबस बेस्ट कैलुकुलम ना होकर जो है आपको बाल केंद्रित जो है शिक्षा लागू कर रही है और छठा पॉइंट है स्रोत

प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीयक स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको हर वीडियो में बताते आए जा रहे हैं कि प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीयक स्रोत इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे आपको परिवार के बारे में समाज के बारे में स्कूल के बारे में मीडिया के बारे में सरकार के बारे में आपसे बातें करेगी क्वेश्चन आएंगे कि समाज किस आ,

स्रोत में है प्राथमिक स्रोत है कि द्वितीय स्रोत है या मीडिया क्या है किस स्रोत के अंदर आते हैं सातवां होता है परियोजना कार्य ये प्रोजेक्टेड वर्क है प्रोजेक्ट में बच्चे को किस टाइप से प्रोजेक्ट देना चाहिए शिक्षकों को जो है क्लास में कैसे प्रोजेक्ट पेश करना चाहिए क्या क्लास करने से पहले उसको जो है किस टाइप से जो है तैयारी करके आना चाहिए ये सब जितने भी सारी कैकुल है जो भी प्रक्रिया है वो शिक्षा शास्त्र के अंदर आते हैं और एक टीचर में वो गुण और सातवें बाल केंद्रित शिक्षा में निर्भर करता है तो सातवां जो पॉइंट है वह है

जना सातवां जो पॉइंट है वो है परियोजना और आठवां होता है मूल्यांकन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मूल्यांकन मूल्यांकन यह होता है कि आपने जिस बच्चे को जो पढ़ाए

बच्चे आपसे ग्रहण किए हम उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे उसका मूल्यांकन किस बेस पे करेंगे क्या मूल्यांकन चाहिए पॉइंट तो है शिक्षा शास्त्र में आपको इस टाइप से जो है ना कोई भी शिक्षा शास्त्र की जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ना इस टॉपिक्स पर आप जितना ज्यादा हो सके उस टॉपिक्स को कवर कीजिए देखिए और आप उसके बाद आप किसी भी एग्जाम के या तो

इस क्वेश्चन या किसी भी जो भी मार्केट में आपको प्रैक्टिस बुक उपलब्ध है उस बुक को आप एक बार गाइड करें पढ़े देखें और इस टॉपिक से आप देखें कि क्वेश्चन आते हैं कि नहीं अगर आपको इस टाइप से वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक like करें अपने दोस्तों, का, दोस्तों को शेयर करें और शिक्षा शास्त्र में इन्हीं पर आप किसी भी चैनल में किसी भी टीचर के पास किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े टॉपिक्स को आप जो है कॉपी में नोट डाउन करें और सबसे पहले

टॉपिक्स पर आप जो है क्लियर कर लें कि आपको विजन पढ़ना क्या क्या है ताकि आप जो आगे जो आपके पास जो दिसंबर में जो सीटेट आने वाले हैं वो आप एक दो या दस मार्क या इन टॉपिक से अनविघ्न होकर फेल ना हो जाए

तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग जितना से जितना हो जो मैं टॉपिक्स आपको बता दे रहा हूँ अगर आप लोगों को लगता है कि अगर ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप किसी भी प्रैक्टिस सेट निकालें और इस टाइप से कोई प्रैक्टिस देखें कि इस टाइप से जो है टॉपिक्स आपके उस सेट में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे यहीं पर आप वीडियो को समाप्त करते हैं आगे फर्स्ट जो आगे

नेक्स्ट वीडियो आएगा वो शिक्षा नीति पर आएगा शिक्षा नीति का जो है दो तीन शिक्षा नीति का वीडियो हम बनाएंगे अभी जस्ट उसके थोड़ी अगला नेक्स्ट वीडियो इसी शिक्षा नीति पे रहेगा तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक यू धन्यवाद